नमस्कार राम राम दर्शकों स्वागत अभिनंदन दिनांक 16 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे व्यवहार के चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखिए तो अपनी जन्म राशि से देखा आपकी जन्म राशि क्या होगी तो चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में जिस हाउस में होगा जिस घर में होगा वो आपकी जन्म राशि होगी दर्शकों अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिए प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को जो है मतलब कमेंट का प्रति हम दे आगे दर्शकों उससे पहले बताना वो पर दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन दर्शकों जुपीटर का ट्रांजिट होने वाला है तो उससे रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पर बना दिया है सिंह राशि तक का अपलोड हो गया सिंह राशि मे से लेकर सिंह राशि तक के जाक देख सकते हैं और सूर्य नीच के हो रहे हैं सभी राशियों का हमने वो राशिफल तैयार कर दिया है आप लोगों को जो जो उपाय करने हैं बेट आप लोग जा करके चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिए अक्टूबर माह के भी दो राशिफल फल पड़ चुके हैं बाकी राशिफल फल शीघ्र ही पड़ेंगे तो दर्शकों देखिए विक्रम संवत संवत 2076 1941 और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये रहेगी तृतीय तिथि दर्शकों देखिये तृतीय तिथि में हमने कल भी आपको बताया था कि तृतीय तिथि के दिन परवर का सेवन नहीं करना चाहिए परवर का सेवन करने से शास्त्रों में हमारे लिखा है कि शत्रुओं की वृद्धि होती है तो यदि आप चाहते है कि आपके शत्रु ना हो तो आप परवर का सेवन पीस आज के दिन करिएगा और चतुर्थी तिथि अगर लग जाएगी उसके अगले दिन तो मूली का सेवन नहीं करना चाहिए सफेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए दर्शकों सूर्योदय की बात करें तो चौतीस कर मिनट पर सूर्योदय होगा होगा और सूर्यास्त शाम को पर नक्षत्र रहेगा भरड़ी इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र रहेगा योग रहेगा सिद्धि इसके उपरांत व्यतिपात योग रहेगा करण रहेगा वरिज इसके उपरांत विष्टिकरण रहेगा पूरी रात्रि तक की बुधवार दिन रहेगा दर्शकों चंद्रदेव जो रहेंगे सुबह आठ माफ करिएगा रात आठ बजकर सैतालीस मिनट तक की मेष राशि में रहेंगे इसके बाद अपने उच्च राशि राशि में चलाए मान रहेंगे राम राम सूर्य नक्षत्र ये चित्र नक्षत्र रहेगा दर्शकों राहुकाल की बात कर लेते हैं राहुकाल एक ऐसा काल एक ऐसा समय के शुभ कार्यो को नहीं करना है तो बुधवार का जो राहुकाल होता है ये सुबह ग्यारह बजकर बावन मिनट से लेकर के एक बजकर मिनट तक की राहुकाल रहेगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो सुबह नौ बजकर बारह मिनट से दस बजकर छप्पन मिनट तक का अमृतकाल रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दोपहर दो बजकर बाईस मिनट से शाम को छह बजकर दस मिनट तक की सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा शुभ कार्यों को कर सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि बुधवार का जो दिशाशूल होता है ये उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है उत्तर दिशा की ओर आप लोगों को यात्राएं नहीं करनी है यदि कर नहीं जाए तो प्रयास ये करिएगा कि आप तिल की बनी हुई वस्तुओं का सेवन करके कर सकते हैं पिस्ता कर खा के कर सकते हैं इलायची जानते होंगे इलायची का सेवन करके फिर आप कर सकते हैं यात्रा और पहले उत्तर दिशा की ओर ना जाकर के दक्षिण दिशा की ओर चार पग आपको चलना होगा उपरांत तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिएगा तो दर्शकों को मानक मानकर के बनाया गया था अब बढ़ते हैं अपने राशिफल पर और फटाफट देखिए आप लोग जो है फोन कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर चालू है और जो भी दर्शक होंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम और अपना Uh, क्या कहते हैं बर्थ प्लेस ये तीन चीज हमको बताएंगे और कोई एक प्रश्न पूछेंगे उस एक प्रश्न का उत्तर हम देंगे जातकों आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी किसी दूसरे का उत्साह आज बहुत ज्यादा उत्साहित होते हुए नजर आएंगे स्टूडेंट्स के लिए किसी नए कोर्स में दाखिला्य तो से जो है जुड़े लोगों को आज उनकी काबिलियत के लिए सम्मानित किया जाएगा सोसायटी तो में आज, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणपतिर्ष का पाठ करिए और गणेश जी को जो है दुर्बा अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दिशा वृषभ राशि तो आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा आज आपको अचानक धन लाभ होगा आज आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे किसी नए कार्य काम को शुरुआत करने के बारे में आज आप विचार कर सकते हैं लव पार्टनर आज, आज आपका सम्मान करेंगे देंगे जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी और आज आपके मन में जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा आज पुराने कामकाज में बेहतर नतीजे मिलेंगे और पुरानी देनदारियां आज आज आपकी मजबूत मजबूत होंगी आर्थिक पक्ष आपका काफी रहेगा गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आज आपका रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आपके मन में नए नए विचार आएंगे माता पिता अपने बच्चों को आज जो है कहीं बाहर ले जा सकते हैं किसी जो है ऐतिहासिक स्थल पर आप लोग जो है उनको घुमा सकते हैं अगर संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो तरक्की के कई कई नए रास्ते आज खुलते हुए नजर आ रहे हैं आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है आज, आज आपको जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा सप्तशती के जो है सिद्ध कुंज का का पाठ करिए और आज दुर्गा जी के सामने एक देशी का दीपक शुभ शुभ शुभ कलर आपके आपके आपके लिए दो, आपके लिए लिए रहेगा रहेगा हरा अंक दिशा दिशा रहेगी रहेगी दक्षिण कर्क राशि के के जातकों आज आप शाम को घर के बाहर जाने का कहीं प्लान बना सकते हैं आज आपको कोई गलतफहमी हो सकती कुछ है कुछ छुपी हुई बातें आज आपको पता चल सकती हैं आपके सामने आ सकती है आज आपके पार्टनर की कोई राजकीनों लोगों के बीच Uh, काफी वैचारिक मतभेद उभरकर सामने आएंगे आज काम की अधिकता में आप फंस सकते हैं यात्राओं का योग बन रहा है लंबी दूरी की यात्राएं आज आपकी हो सकती है गणेश जी को आज दुर्बा का जो है आप दुर्बा अर्पित करिए और गणपति गणपतिर्ष का पाठ करना आपके लिए uh, काफी श्रेष्ठकारी रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि की ओर चलते हैं देखिए दर्शकों फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारी सारी वीडियो जो भी जो है सूर्य से रिलेटेड अभी हमने डाला है सूर्य का राशि परिवर्तन ये भी आप जाकर देख सकते हैं और गुरु का ट्रांजिट होने वाला है बहुत मेजर ट्रांजिट होने वाला है ये लोग भी आप लोग जा करके देख सकते हैं तो दर्शकों सिंह राशि की ओर आगे बढ़ते हैं लेकिन फटाफट देखिए आप लोग कॉल करिए क्योंकि अभी ये हमारा प्रोग्राम रात्रि दस से लेकर के और साढ़े दस तक का लाइव चलता है तो आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं सिंह राशि के जत आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा ऑफिस में आज अपने काम की प्रशंसा के लिए आज, आज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी व्यापारी वर्ग को मौके मिल सकते हैं आज उच्च अधिकारी आपसे थोड़े से रुष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिम्मेदारियों के बोझ से आज, आज आपका थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना होगा आज आप कुछ किसी को उधार बना दीजिएगा अन्यथा आज आपका पैसा डूब सकता है उपाय के तौर पर क्या रहेगा तो कोशिश आज आपको ये करना रहेगा की पूर्व दिशा कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि के जातको आज आपका दिन बड़ा उत्तम रहेगा किसी महिला मित्र की मदद से आज आपके काम बनेंगे आज आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर लगभग हर काम में सफल होंगे कला या किसी रचनात्मक काम में आज आज आपका आपका रुझान बढ़ेगा जो है संबंध बहुत मधुरता से भरपूर रहेगा कोई करीबी आपकी खुशियों को दुगुना कर सकता है भाग्य आपको जो है कुछ अच्छे मौके देगा और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि आज धैर्य पूर्वक यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपके फेवर में होगा कोशिश कीजिएगा सूर्य देव को जल अर्पित करिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ के यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हेलो हलो हेलो हेलो हाँ जी हाँ राम राम सर जी सर मेरा जन्म हुआ था उन्नीस सौ छियानवे को जी आठ से नौ बजे के जी तो हेलो देखिए आप लोग फोन करते हैं तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि बोला करिए और क्योंकि दूसरे लोग जो ट्राई करते हैं फोन कॉल के लिए उनका फोन कॉल नहीं लग पाता तो बड़ा दुख होता है इसके अलावा दर्शकों चलिए तुला राशि पर बढ़ते हैं कन्या राशि हो गई थी तुला राशि के जातकों आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा मिला जुला रहेगा काम का निपटाने के लिए आज आपको कुछ नए तरीके मिल सकते हैं दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आएगा आज आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ सकता है आपके मन में कोई बात जो दबी हुई है वो उभर कर बाहर आएगी सेहत से जुड़ी आज आपको परेशानी हो सकती है पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है तली भुनी चीजों को खाने से आज आपको बचना चाहिए भविष्य को लेकर के आज आपके मन में कोई जो है मतलब जो है शंका होगी आशंका होगी आज आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी लेकिन आज मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे उपाय के तौर पे प्राणायाम आप करिए और कोशिश कीजिए धार्मिक स्थान पर जाकर के कुछ समय आप जरूर बिताइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा तो एक फोन कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी राम राम सत्रह अगस्त 2011 हजार सत्रह अगस्त 2011 हजार ग्यारह जी ग्यारा। दो बज के दोपहर की सुबह दो बज के मिनट जन्म स्थान कहाँ का है बिहार बताइए भाई जी, जी बच्चा को कब कब से से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है क्या बच्चे को जी, जी। जी जी जी एक काम ये करिए सबसे पहले तो सुबह जितनी जल्दी हो सके इसको सूर्य की रोशनी में आप 10 से 15 मिनट बैठाइए बच्चे को जी दूसरा एक प्रयोग ये करना है कि पूर्णिमा वाले दिन जी। आप इस बच्चे के गले में एक चांदी का एक चांदी की ठोस गोली डालिए चांदी के चैन में चांदी, चांदी के चांदी के की गोली, गोली। ये एक ठोस गोली कह दीजिएगा हाँ गो गोल गोल होता है ठोस गोली ये आप इसके गले में डालिए हाँ हाँ चैन में और तीसरा हाँ तीसरा काम ये करिएगा कि इसको जब भी दूध वगैरह दे पीने को तो चांदी के पात्र में दिया करिए जी, जी देखिए चांदी जो होता है सिल्वर ठीक है और जो दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है जी, जी, तो इसकी जब क्रिया होती है तो जो है बच्चा जो आपका है ये से बाहर निकलेगा मन इसका बहुत ज्यादा जो है शांत रहेगा और बीमार नहीं पड़ेगा Even, हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं होगी होगी आप ये प्रयोग करिए ठीक है जी तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य से काफी अच्छा रहेगा आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा पारिवारिक काम को पूरा करने में आज आप सफल रहेंगे दोस्तों का किसी जरूरी काम में आज सपोर्ट मिल सकता है किस्मत का साथ आज, आज आपको मिलेगा आज दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं आज आपके लिए कई खास लोग शामिल होंगे और कोई नवीन उपहार आज आपको जो है भेंट के स्वरूप मिल सकता है इसके साथ साथ दर्शकों आज दूसरों के जीवन में आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा दखल मत दीजिएगा अन्यथा किसी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है किसी के साथ आपकी तू तुम्हें हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी कन्या को आज कुछ मिठाप दीजिए खाने को और आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि गणपति आप लोग पाठ करिए ओम गंग गणपति महामंत्र का एक माला आप लोगों को जाप करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा धनु राशि पर आगे बढ़े फोन कॉल और लेते हैं हाँ, बोलिए सर मेरा जन्म हुआ था 16 अगस्त तो पंचानवे को सुबह करीब आठ बजे के करीब जी मेरा नाम सुधां कुमार है जी जन्म खोलने के बारे में थोड़ा बताइए देख सोलह अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे अभी तो जॉब में लंबा समय है भाई साहब 2021 हजार में जॉब मिलेगी एक मारिक का आप पहन लीजिए आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मारिक एक रूबी जेम स्टोन आता है इसको आप पहन सकते हैं ना? तो हमारी जो अगली राशि आती आती है ये आती धनु राशि धनु राशि के जातकों आज आपकी कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा दोस्तों के साथ आज आप कहीं लंबी ट्रिप पर बाहर जा सकते हैं अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं आज आपके जो है पास पैसों की कमी नहीं रहेगी कई मदों से आपके पास आज पैसे आएंगे किसी के के मांगलिक उत्सव में भी आज आप लोग शामिल हो सकते हैं धनुराशि के जात को यदि आप स्टूडेंट है तो आज आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा आपको करना क्या रहेगा देखिए आज कोशिश कीजिएगा की गाय को आप लोग हरा चारा खिलाईये काला रमक डाल के और गाय के चरण स्पर्श कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ रहेगी पश्चिम दिशा मकर राशि पर आगे बढ़े उससे हेलो हेलो हेलो हाँ जी हाँ सर जी नमस्ते मैं रवी बोल रहा था रायपुर रा, रा, रा, रा, रा, रा, रा, छत्तीसगढ़ से हाँ हाँ बताइए छ फरवरी जो योग है, ये जनवरी दो हजार बीस में मिलेगी आपको चौबीस जनवरी के बाद अभी थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा सूर्य को डेली अर्घ आप दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए और शनिवार के दिन सुंदरकांड जरूर पढ़िए जी तो हमारी जो अगली राशि आती ये आती है कैप्टिकॉन मकर राशि मकर राशि के जातको आज परिवार के साथ कुछ बात विवाद बहस हो सकती है और फिर आज आपको कोई बहुत बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिल सकती है आपको अपने गुस्से पर आज कंट्रोल रखना होगा कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है किसी कामकाज में आज आपको ज्यादा टाइम लग सकता है करने में उच्चाधिकारियों के साथ आज आपका बात विवाद हो सकता है अपनी जिब्बा पर अपनी वाड़ी पर आज आपको लगाम लगाने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी से मन की बात कहने में सावधानी रखने की आपको जरूरत रहेगी उपाय के तौर पर करिएगा कि आज कबूतरों को जो है या पक्षियों को कुछ आप लोग जो है दाना डालिएगा बाजरा डाल सकते हैं और आज गाय को कुछ आप मीठा जरूर खिलाइए जैसे गुड़ हो गया आपका या बेसन से जुड़ी हुई कोई मिठाई हो गई तो ये चीज आप लोग गाय को जरूर खिलाईए आपके लिए देखिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा माफ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी दक्षिण दिशा देखिए कमेंट भी पढ़ा करते हैं तो बीच बीच में ध्यान जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके लिए क्षमा करिएगा मानवीय भूल हो जाती है सबसे कुंभ राशि तो आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा आपको कोई आज गुड न्यूज मिल सकती है रोजगार के मामलों में कोई प्राइवेट जॉब आज आप पा सकते हैं किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो सकती है कोई नए विचार आपके मन में आ सकते हैं जरूरतमंदों को आज कोशिश कीजिएगा कि भोजन कराइएगा और आज के दिन कोशिश ये करिएगा कि दुर्गा सप्तती के तृतीय अध्याय का पाठ करिए आपके लिए देखिए शुभ कलर की बात करते हैं तो शुभ कलर आपके लिए रहेगा आसमानी कलर शुभ अंक की बात करते हैं शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कुछ लोग पूछते हैं कॉल कैसे करें तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लिया करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उसमें आप लोग बात कर सकते हैं हलो हाँ जी बोलिए दो अक्टूबर उन्नीस सौ तो निन्यानवे जन्म हुआ था जी सुबह सात कहां नहीं होगी बीच में ब्रेक हो जाएगी कोई प्रेम संबंध होगा जो कि आपका ब्रेक रहेगा कब तक सर और, और आपने क्या पूछा है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई लिखाई लिखाई मतलब कैसा हाँ पढ़ाई लिखा ले ले ले ले बहुत अच्छी नहीं रहेगी रहेगी ब्रेक ब्रेक किसी किसी महिला की से, किसी फीमेल की वजह वजह से से फीमेल आपकी ब्रेक हो और आगे कैसा? आगे का फिलहाल तो अभी 2020 तक तो इसी तरीके से मामला चलेगा आपका 2020 क्या? के बाद ठीक रहेगा सुर को डेली जल्द दीजिए और कोशिश कीजिए अमावस्या के दिन हरा चरा गाय को जरूर खिलाईये एक दूसरे फोन कॉल लेते हैं हलो हलो हाँ जी मेरा है हाँ जी तो तो पुना से रहा हूँ हाँ जी मेरा जन्म तारीख है उन्नीस दस इको उन्नीस जी आ, पुना में कितना होगा टाइम सुबह साढ़े पाँच बजे पुना हाँ हाँ हाँ गुरुवार दिन था बजे बजे पार पार जी और अभी जो में तो कुछ क्या, क्या क्या है हैं आप अपना तो कोई एक प्रश्न पूछ लीजिए डिटेल में अगर एनालिसिस करवाना हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा अभी कार्य क्षेत्र हाँ। में अभी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी जी तो एक कार्य ये करिए सबसे पहले तो सूर्य को जल दीजिए और दूसरा जो है बृहस्पतिवार के दिन वीरवार के दिन गाय को बेसन की बनी हुई कोई वस्तु जरूर खिलाइए किसी एक बच्चे को एडॉप्ट करिए जिसका खर्चा आप जो है पढ़ाई का जो है आप उठाए उठाए चाहे आप ट्यूशन की फ़ीस दे दीजिए चाहे स्कूल की फीस दीजिए उसके कॉलेज की फीस दीजिए आप बुक्स वगैरह खरीद के दीजिए तो ऐसा आप करिए तो अंतिम राशि पर चलते हैं। हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में आज आप सफल हो सकते हैं आज का दिन किसी खास कामों के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है दोपहर बाद से यात्राएँ होंगी आप अपने आस के लोगों के साथ आज उदार रहेंगे आपके अच्छे अनुभव के कारण आज आपके साथी आपके से कुछ सलाह ले सकते हैं और आज के दिन आप जो है किसी धार्मिक यात्राओं पर भी देखिए जा सकते हैं सरकारी क्षेत्र से आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा व्यापार में भी आज आपके जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यदि आप लोहे से संबंधित आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या आप इंजीनियर हैं इनसे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं शिक्षक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है सभी विषय आज आपकी पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं आज गणेश जी आपकी पूर्ण करेंगे उपाय के तौर तो करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि गणेश जी को आज बुद्धि से बना हुआ आप जो है लड्डू चढ़ाइए और एक सुपारी जरूर आज गणेश जी, जी को आप चढ़ाइएगा और गणेश चालीसा का आप लोग पाठ करिए जब भी यदि कोई दिक्कत आए आज तो आपको करना क्या रहेगा ओम गंग्र का मानसिक जाप करना स्टार्ट कर देना है रिजल्ट आपके सामने आएंगे सुपारी आज आप बलेश जी को जरूर चढ़ाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा येगा येगा रहे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी रहे रहे पूर्व दिशा तो ये तो था हमारा इससे लेकर के मीन राशि का राशिफल एक अंतिम फोन कॉल लेते हैं उसके बाद अपने प्रोग्राम में जो है आपसे बिता लेंगे हेलो has put your call on hold hello ste hu belag me call session hello hello hello namaste mai mai okay. hai darwaje pe baat kar rahi hu main ji batayiye मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रही थी कल इसलिए आपने बताया करके की दस बजे ऐसी ऐसा मतलब उठाते है कॉल करके मैं एक सवाल था मेरा बेटा के लिए मैं पूछना चाह रही थी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस, प्लेस बता दीजिए हाँ बीस जनवरी नाइनटीन नाइन्टी सिक्स बिहार पूर्णिया ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन नाइन्टी सिक्सरडे दिन था जी शनिवार दिन था शनिवार हाँ, है और तीन बज पचीस मिनट है उसका दोपहर का हाँ, बिहार हाँ दो जिला में हुआ है इसका तो मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है हो गया है करके उसका बीटेक कैसे हाँ। हुआ, हुआ? बीटेक इनकी ब्रेक हुई है क्या एजुकेशन बीच में नहीं, नहीं, तो वो खत्म हो गया उसका तो दो साल हो गया एक्चुअली जॉब भी आया था तो मतलब एमएस करने के लिए बाहर सोच रहा था जाने के लिए पर वो जा नहीं पाया उसका हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टू इयर्स से बहुत ज्यादा हो रहा है हेल्थ जॉब भी नहीं हो रही है अभी तो जॉब में जाना चाह रहा है तो जॉब भी नहीं लग रही है करियर पूरा ठप स गया है घर पे ही बैठा हुआ हेल्थ प्रॉब्लम एक पर एक पर एक आते ही रहता है माता जी बोल रही है न आप इनकी माता जी बोल रही हैं ना जी जी जी सबसे पहले तो इनको सूर्य के प्रकाश में बैठाइए सुबह जल्दी उठाइए सूर्य के प्रकाश में बैठाइए रात में इनको देर से सोना पड़ता है टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा ये करीब रहते हैं समीप रहते हैं राहु की चुकी दशा चल रही है तो इनको सूर्य के प्रकाश में बैठे बहुत ज्यादा लंबे बाल ये बढ़ा करके ना रखें दाढ़ी वगैरह हाँ दाढ़ी वगैरह ये बड़ी ना रखें तो तो नहीं रखते मतलब बाली बड़ा नहीं रखते रखते मतलब हो उसको लड़का को ठीक है अब एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं आप गजेंद्र मोच का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या करना है गजेंद्र मोच अच्छा गजेंद्र मोक्ष हाँ, गजेंद्र मोच का पाठ करिए और इस बच्चे को पानी जब भी दिया करिए पीने के लिए तो चांदी के पात्र में दी करिए पीने के लिए ठीक है है है है अच्छी बात कब तो कब बीमारी बहुत ज्यादा ज्यादा इतना है ना सूर्य के प्रकाश तो... में बैठाइए अच्छा जी ओके और, और... ये मतलब क्या है मतलब कैरियर में, में ना जगा, ना जगा, एक जगह एक जगह स्टेब्लिश नहीं रहेगा एक जॉब करेगा फिर दो तीन साल चार साल करेगा फिर छोड़ेगा फिर दूसरी करेगा फिर दूसरी पकड़ेगा ये चीज रहेगी अच्छा तो क्या ये हैदराबाद में रहेगा ये पारे बाहर, पारे जाएगा, पारे जाएगा, बाहर, जाएगा, बाहर बाहर बाहर जाएगा जाएगा जाएगा अच्छा वही मैं दिखा रही सब बोल रहा है आपका बच्चा हैदराबाद में नहीं देखिए अभी तो समय है लेकिन जुलाई दो हजार बीस के बाद इसके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी जी ठीक है जी तो दर्शकों ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बनी जो घंटी है इसको भी आप लोग दबाइए और यदि पुराने हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि ये परिवार आगे बढ़े अधिक से अधिक लोगों तक का जो है लोगों तक हमारा ये राशिफल पहुँचे इसकी जिम्मेदारी आपकी है तो दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में और जाते जाते दर्शकों एक बार जो भी हमारे दर्शक लाइव जुड़ते हैं हमको देखते हैं हमें फॉलो करते हैं आप लोगों को जो है हाथ जोड़ करके हमारा बहुत बड़ा अभिवादन और जो भी दर्शकों देखिए प्रडिक्शन करते हैं जो भी भविष्यवाणी करते हैं आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो भविष्यवाणी कितनी सत्य होती जाती है अभी हमने एक युद्ध को लेकर के किया था तो वर्ल्ड मीडिया में आप देख लीजिएगा कि एक युद्ध लगभग छिड़ ही चुका है सीरिया में जो है तुर्की के बीच और देखिए तमाम दर्शक जुड़े हैं मुनेद्र भारद्वाज जी हैं विक्टर जी हैं और रूपाली जी हैं सोन भद्रा जी हैं और अविनेश तिवारी जी हैं उदय सिंह जी हैं सोनू मिश्रा जी हैं दिलीप जी हैं विनोद सिंह जी हैं तो सभी लोगों को देखिए बहुत बहुत राम राम अभिवादन दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में और आप लोग जा करके बृहस्पति का जो गोचर है देख सकते हैं तब तक के लिए नमस्कार